अबे कौवा होली का जुगाड़ कर लिया ना या आपकी बार भी दूसरे गिलास में जाकेगा ना? ना मैंने ना करा मैं तो ये सोचा था आपकी बार भी तेरे घर आ हुआ देख कौवा घर तो, तो आ जाइए लेकिन गुंजिया मट्टी के अलावा और किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए कभी घर आ गए क्या यो भी लाओ वो भी लाओ अच्छा जी इस बार ना हुआ तो कंजूस करिए तो तो इससे अच्छा ताऊ था था इसने कम से कम से गुंजा के साथ साथ रस ना ना ऐसा नहीं है तुम बैठो ना भी यहाँ पे इसलिए ताऊ ने बात पलट दी नहीं तो इसने तो मेरी होली की दावत पक्की कर रखी हेलो ताऊ हां साले चार आदमी मुझ झूठा नाया तू मैंने कब पक्की करी दे दावत आपके तो मुझे खुद टंडाई से काम चलाना पड़ेगा अरे यार टेंशन मत लो तुम्हारा भाई जिंदा है अभी कल को होली की दावत मेरे घर होगी मैंने सारा इंतजाम कर रखा है अच्छा जी इलेक्शन की बची दिख्या अभी हां तुझे इस बात से क्या मतलब बचे या ना बचे सुनो भाई इसे कौवे को छोड़ के बाकी सब आ दावत में इसकी दावत कैंसिल और बड़ बोल रहा बन दह कि कोई तेरी दावत करे <laughs> अरे यार मजनू मैं तो मजाक कर रहा था भाई ना तू मेरा इतनी जल्दी बुरा मान गया यार मेरी दावत कैंसिल मत करे भाई ना तू मेरा इलेक्शन की हो या कैसी हो काम तो उतने करेगी ना ना मजदूर, तू सही कह रही इसे दावत में बुलाने फायदा भी ना है फिर एक आदमी से संभालने को चाहिए? तू चुपचाप अरे वो तो बारात थी बारात में तो ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत इसमें कौन सी बड़ी बात है तेरा तो थोड़ा ही हो अच्छा अपनी बात बोल गया जब तू विशाल की में गया था तो तूने उल्टी कर करके ना कह रेख कर दी थी और आ यहां के मैं बात चलो छोड़ो पुरानी बातों तो को गड़े मर्जों को खाने से कोई फायदा नहीं त्यौहार का मौका है मिलजुल त्यौहार मना कौआ तू भी आ जाइए दावा में ठीक है होली का दहन के बाद सब लोग मजनू घर पे मिलेंगे ठीक है हो रंग चुनर वाली, रंग ओ, रंग बर चुनर वाली, रंग बरसे बरसे <laughs> बरसे बरसे वाली वाली बस बस कल कोई बंजी अमिताभ बच्चन ये सारे बजे आज लेगा ठीक है मजनू कल को ले लूँगा तेरी बात तो माननी पड़ेगी आखिर दावत दे दिया आया तो कल को मिलते थे घर पर ठीक है ठीक है सच्चा मोती खया है घर से ना हां मैं तो खयाया तूने खाया ना ना बताऊ मैं खा ही गया था हाथ में फिसल के नीचे गिर गया बहुत ढूंढा मिलेगा तू तो हैय चूतिया तुझसे कोई काम तुमसे होता ही ना साले अब तो उल्टी बात कर दी मज्जू के घर जाने के बाद उल्टी बात मत कर दी मुझसे कभी इस होली पे तुझे लबेटे पे ले लू मैं वो तो समय बताएगा कौन फिसले बेटे मिलेगा टेंशन मत ले अरे बस बस जा ही लो अब घर घर को चलो, चलो। फिर मजनू मजनू, भी आना, दावत है आज हमारी। हा, हा, चलो। चलो। होली होली, होली की बहुत-बहुत मुबारकबाद तो हो गई गिलास अपना छटके आ गया पहले थोड़ा डांस कर ले ना बर्दांस नहीं होती इससे गाना चला लेक है अभी चलाता हूँ मेरा बताओ कैसे करना है है है देख सामने चला जा सारा ठीक है। है मजनू तो बढ़िया कर रखा मजनू आया नहीं भी कौआ बहुत देर हो गई चला देखने चल रहे चलने तभी देखा गिर हो गईकाम